हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल संदीप टेक्निकल में दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ बॉस बार इंस्टॉलेसन एंड कनेक्शन ठीक है तो कैसे होता है चलिए देखते हैं पहले क्या करेंगे हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे ये है दो सौ का बॉस बार लिया है मैंने ठीक है तो चलिए देखते हैं इसको पहले अनबॉक्सिंग करते हैं ठीक है ये निकाल लिया मैंने देखिए ये निकाल रहा हूँ ठीक है ये देखिए उसके ऊपर जो सेफ्टी कवर दिया हुआ है उसको निकालेंगे उसके बाद क्योंकि ये स्काच नहीं होगा ये जो कवर दिया हुआ है इसके ऊपर इसीलिए दिया हुआ है ये स्काच नहीं होगा लाने से रास्ते में कहीं घिस जाएगा इस इसीलिए ये कवर दिया हुआ है क्योंकि स्काच नहीं होगा इसी ठीक है दोस्तों देखिए ये 200 सौ का और चार सौ का इसका कैपेसिटी है ठीक है बस बार का देखिए ये जो ऊपर की चारों होल है इसके अंदर और इसके नीचे भी चारों होल है जो केबल इन होगा और आउट होगा ठीक है पहले क्या करेंगे हम इसको ऊपर उठाकर मार्क कर देंगे ठीक है उसके बाद ये जो है रेल के ये लगेगा अंकर बोल्ट होल करेंगे इसीलिए पहले इसको मेजरिंग करके अंकर बोल के हिसाब से होल करेंगे पहले से दिया हुआ है जो मार्क के प्लेस में हम होल करेंगे ठीक है देखिए ये होल होता है कैसे दिल के मदद से ठीक है दोस्तों तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और पास की तेल की आइकन दबा दीजिए क्योंकि पहले मैं जो वीडियो बनाऊँगा पहले आप देखने के लिए काज की दर्द के आइकन को जरूर दबाना नहीं तो आप नहीं देख पाओगे पहले ठीक है और लाइक और शेयर करना मत भूले, क्योंकि ये लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा इस चैनल में ठीक है देखिए अभी हमारी ड्रिल कंप्लीट होने वाला है ठीक है दोस्तों देखिए चलते हैं अभी देखिए ये होल हो चुकी है ठीक है अब क्या करेंगे एंकर बोल्टिंग करेंगे इसको लगा लेने के लिए ठीक है पहले उसको हामर की मदद से ऊपर के तरह थोड़ी सी मारने से वो अंदर जाएगा ज़्यादा नहीं मारने का क्योंकि अंदर घुस जाएगा क्योंकि आप जो मेजरिंग करेंगे ड्रिल के बीड से ऊपर वो अच्छे से करना है क्योंकि ज़्यादा होल होगा तो अंदर चला जाएगा आपको दिक्कत होगा बाद में क्योंकि ये बोल्ट को बाहर निकालें निकालना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद जो हमारे है वो लगेगा ठीक है देखिए ये स्पानर है पहले क्या करेंगे हम उसको टाइट करेंगे देखिए ये टाइट हो रहा है देखिए इसी तरह टाइट करना है आपको क्लॉकवाइज टाइट होने के बाद इसको ओपन करेंगे आंटी क्लॉकवाइज ठीक है पहले टाइट कर दिया अच्छे से करना है क्योंकि नहीं तो जो अंदर चला जाएगा तो उसके अंदर जो वो नॉट है वो अंदर चला जाएगा देखिए ये लूज़ कर रहा हूँ अभी ठीक है देखिए ऐसे लूज़ करना है सारे के सारे इसी तरह करना है पहले टाइट करना है उसके बाद लूज़ करना है लूज़ करने के बाद वो बाहर निकल आएगा जो स्क्रू है जो हमारे बोल्ट है सॉरी देखिए ये अभी बाहर निकल आने वाले हैं ठीक है देखिए ये निकल आ गए हैं देखिए ये होल देखिए इसी तरह ठीक है ये बोल्ट बाहर जो आ चुकी है उसके बाद क्या करेंगे हम ये सारे निकाल कर उसी के हिसाब से लगाएंगे ठीक है देखिए ये अभी हमारी इंस्टॉलेशन हो चुकी है अब क्या करेंगे इस केबल को इन करेंगे और कनेक्शन भी करेंगे देखिए इसी तरह आपको करना है ठीक है दोस्तों देखिए दोस्तों आप चाहे तो ये आप एक नाइफ बना कर ले सकते हैं ये मैंने उस उस काम के हिसाब से लिया है नाइफ़ ठीक है उसको निकालने के लिए पहले जो यार है उसका ऊपर का जो कवर है उसको निकालेंगे उसके बाद जो फोरकोर का कैबुल है वो फोर कोर निकलेगा उसके अंदर से ठीक है उसके बाद हम कनेक्शन करेंगे ठीक है दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे हम इसको पहले निकाल लेंगे अच्छे से ठीक है देखिए अभी ये निकलेगा थोड़ी देर में देखिए ये निकल रहा है और प्रिंटिंग टूल की मदद मतलब से हम जो आठ टाइप का फ्रॉक्स है उसको लगा दी ऊपर के साइड देखिए पहले आर वाई बी और ब्लैक ठीक है रेड येलो ब्लू ब्लैक देखिए पहले रेड दिया उसके बाद येलो दिया और उसके बाद ब्लू दिया और उसके बाद ब्लैक दिया ब्लैक न्यूट्रल है बाकी तीनों फैज है ठीक है आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो वायर है वो ऊपर की बार में जैसे नहीं लगेगा ठीक है दोस्तों इसी हिसाब से आपको वायर को कटिंग करना है और लगाना है ठीक है जो भी जो कि उसके ऊपर नहीं लगेगा ठीक है देखिए अभी ये मैंने ऊपर की स्क्रू वा सब लगा के टाइट कर रहा हूँ देखिए उसके बाद अच्छे से मैं इसको साइज कर रहा हूँ क्योंकि नहीं तो लग जाएगा उसके ऊपर लग जाने से स्पार्क होगा ढोड़ा हो जाएगा ठीक है स्पार्क होगा आवाज़ ज़्यादा होगा ठीक है देखिए ये स्पानर की मदद से हम इसको टाइट करेंगे ठीक है दोस्तों देखिए कैसे टाइट हो रहा है अच्छे से टाइट करना है लूज़ नहीं करना है लूज़ करेंगे तो ये स्पार्क होगा पहले ये समझ में रख लो जो भी इलेक्ट्रिकल चीज़ है उसका सब के सब अच्छे से टाइट करना है ये गठ बांध लो यह एक टेक्निक है आपके आप को कोई भी नहीं बताएगा इसके बारे में ठीक है मैं बता रहा हूँ आपको ठीक है दोस्तों देखिए अभी टाइट हो चुकी है तीनों के तीनों और भी लास्ट में कर रहा हूँ न्यूट्रल का ठीक है दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ठीक है सब्सक्राइब करने से आप और पास की बेल के आइकन दबाने से दोस्तों देखिए आप अच्छे से करना है थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो